तो टाइप ऑफ माइक्रो माइक्रो कितने टाइप के होते हैं और टाइप ऑफ माइक्रो से क्या फर्क पड़ता है <coughs> देखिए माइक्रो बेसिकली तीन तरह के टाइप होते हैं एक होता है हमारा पब्लिक माइक्रो ठीक है दूसरा हमारा होता है पर्सनल माइक्रो और तीसरा हमारा होता है इवेंट माइक्रो अब जानते हैं कि कौन सा क्या होता है बेसिकली मैंने आपको रिकॉर्डिंग समझाया था और जनरली जो हम कोडिंग लिखते हैं तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड किया एंड ओके किया जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे पुणे तो ये जो रिकॉर्ड माइक्रो बनी जो हमने माइक्रो वन ये माइक्रो पब्लिक माइक्रो कहलाएगा क्यों कहलाएगा क्योंकि रिकॉर्ड करते समय हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया दिस वर्क को या फिर आप विजुअल बेसिक में जाते हैं विजुअल बेसिक में आप कोड कर देते हैं यहाँ पे मॉड्यूल इन करके यहाँ कुछ कोड लिख देते हैं जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट लाइक <coughs> और यहाँ पे हमने कोई मैसेज दिया, जी बॉक्स तो ये जो मैक्रो बना ये भी हमारा पब्लिक मैक्रो ही कहलाएगा क्योंकि तो हमने मुरूल के अंदर में okay. डाला हुआ है मतलब कि ये इसी फाइल के अंदर है बुक वन के अंदर है दिख रहा होगा बुक वन इसी बुक वन के अंदर यहाँ पर ठीक है ठीक है, थीक है. तो ये आपका पब्लिक मैक्रो था पब्लिक मैक्रो इसलिए कहलाया है कि जहां जहां मैं फाइल ट्रेवल करेगी जैसे ये फाइल आपको भेजा आपने किसी और को भेजा किसी और को भेजा तो, भी तो भी जहां जहां फाइल करेगी को को कर अगर कोई अनुद्र फाइल खुली हुई है जैसे बुक टू खुला हुआ है मैंने एक बुक टू ले लिया तो ये बुक टू के भी माइक्रो लिस्ट में दिखेगा और मैं बुक टू पे भी इस माइक्रो को रन कर पाऊंगा ठीक है ठीक है बुक 2 पे इस माइक्रो को रन कर पाऊंगा right. लेकिन बुक 2 पे रन करने से पहले मतलब किसी फाइल में रन करने से पहले एक कंडीशन है कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो ओपन होनी चाहिए अगर okay. आपकी ओरिजिनल फाइल ओपन नहीं है तो ये में आएगा ही। okay. इसका मतलब कि अगर आप कोई, आप कोई का फीचर बनाना चाहते जैसे कंडीशन प्योर टेबल डेटा टाइप का चाहते हैं तो पब्लिक माइक्रो थ्रू नहीं होगा मान लीजिए आपने एक बनाया ए ए लुकअप लुकअप का का ठीक है अब इस्तेमाल करने के लिए आपको ए लुकअप का फॉर्मूला जिस फाइल में बनाया था उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा ओके तभी आपको यहाँ पे वर्क करेगा तभी वर्क ही नहीं, नहीं करेगा हाँ, अगर मैंने बुक हाँ वो वाई से रीड रीड करेगा करेगा? नहीं तो डाटा हाँ। मैं बुक में आपने फॉर्मूला बनाया तो बुक टू में अप्लाई तभी तक होगा जब तक कि बुक वन ओपन है जैसे और... आपका तो, तो, आपका बुक टू में यूज नहीं हो सकता हाँ। तो हमक्रो या फिर हम एड इंस का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो पर्सनल माइक्रो जब रिकॉर्ड करते है ना तो यहाँ पे होता है पर्सनल माइक्रो तो प्रश्न में वो क्या करता है कि आपकी जो ए है आपका जो माइक्रोज है, है जी, आपकी जो कोडिंग है वो किसी पर्टिकुलर फाइल में नहीं किसी पर्टिकुलर फाइल फाइल में रहेगी, किसी पर्टिकुलर फाइल में नहीं सेव होती है वो आपके ऑफिस लाइब्रेरी में सेव होती है अच्छा जहां पे आपके बाकी सारे ऑप्शन सेव है अच्छा ताकि वो हर फाइल में वो से ले लेता है अच्छा तो कोई पर्टिकुलर फाइल में सेव ही नहीं है तो फाइल करने का नहीं है। बनाया तो मैं सिर्फ अपने सिस्टम यूज़ कर सकता हूँ आपको मैं नहीं दे सकता आपके साथ में फाइल भेजूंगा तो आपके साथ कोर्ट नहीं जाएगा क्योंकि वो तो हमारे अप्लीकेशन में, में डाला हुआ है मेरे सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है। ओके समझ समझ गया? समझ गया। इसलिए तो okay. हम, हम अच्छा। देखा होगा फाइल के अंदर आपके सामने ऑप्शन में रूप में हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो प्रयजन माइक्रो जैसे ही फिर देता है तो माइक्रो किसी लिंक पे क्लिक करूं तो फाइल अर्न हो जाए मैं क्लोज करू तो फाइल रन हो जाए मैं कुछ टाइप करूं तो मेरा माइक्रो रन हो जाए मतलब की माइक्रो आप अपने हिसाब से इवेंट को सेट कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं कि आप किसी के फाइल बना के भेज रहे हैं, राइट आप चाहते हैं कि 20 दिन में वो वो फाइल फाइल 20 दिन बाद खुलेगी। हम्म उसके लिए उसकी कोडिंग आपको वर्कबुक के ओपन में जाके करनी होगी ओके यहाँ पे यहां पर वर्क और हमने यहाँ पे वर्क बुक और यहाँ पे इवेंट ओपन ले, ले लिया तो जैसी फाइल ओपन होगी वो चेक करेगा कि क्या तीस दिन हो गए क्या, इसमें कोड दिन चेक करने का कोड डालूंगा मैं या चेक okay. करने का कोड डालूंगा जब भी वो फाइल ओपन करेगा चेक करेगा क्या तीस दिन हो जैसे तीस दिन होगा फाइल को लॉक कर देगा ओके okay. समझ गए ऐसी मान लीजिए ऑटोमेशन बनाया आपको कि जैसे मेरा फाइल ओपन हो तो मेरा एक पर्टिकुलर माइक्रोवर्क कर जाए ये सारी चीजें okay. आप यहां से कर सकते ठीक okay. है इवेंट माइक्रो अभी बताने की जरूरत क्या है क्योंकि आप अपने हिसाब से अपना मैक्रो चूज कर सकते हो जैसे आपने को कोई माइक्रो बनाया है किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए एक पर्टिकुलर डेटा पे वर्क करेगा पर्टिकुलर रिपोर्ट में वर्क करेगा तो हम बात करेंगे पर्सनल माइक्रो सॉरी पब्लिक मैक्रो यूज करेंगे हेलो आवाज, आवाज हलो? हलो? आ रही सर हेलो हेलो सर आवाज आ रही है आपको हेलो सर आपकी आवाज गा, गायब हो रही है सर आपने क्या बोले मैं समझ समझ मैं को समझ दिया कि हम डिसाइड कैसे करेंगे जिससे मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर डेटा पे माइक्रो लगाना आवाज आ रही सर मेरी आपको हेलो और आपने कोई पर्टिक, पिक पर्टिकुलर फाइल पे वर्क कर रहे हो एक डेटा पे वर्क कर रहे हो तो तब पब्लिक मैप को तो मुझे उसी फाइल में इसको रन करना है ठीक है उसके बाद अगर आपको एक एक फॉर्मूले वगैरह या कुछ ऐसे यूनिवर्सल चीज बना दे, एक कमांड बना रहे हो ताकि हर चीज में इसको रन कर सके तो हम उसमें यूज करेंगे ठीक है अब कोई इवेंट कोई वेलिडेशन बना रहे जैसे कि सीट uh, पे जाते मुझसे लॉग इन आई डी मैं जब टाइप करूं तो ऑटोमेटिक उसका डेट एंड टाइम दे दे मुझे मेरा फाइल ओपन होते हैं, मेरा रन हो okay. वो हैं, इवेंट हैं। okay. समझ गया सर समझ गया ओके okay. तो यहाँ पे हमारा थ्योरी बात खत्म होता है ठीक है जी और कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम अपना कोड कंसेप्ट हम समझेंगे कि कोड कैसे लिखते हैं ठीक है जी क्या होता है किस किस कोड का क्या मतलब होता है कैसे इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह हम आपको कल की क्लास से शुरू करेंगे ठीक है जी ठीक है ठीक है